मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले ढिंडोरी के यूं तो कई गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं और बड़े बड़े अक्षरों से यहां ओडीएस प्लस भी लिख दिया गया है लेकिन यहां की हकीकत कुछ और ही है तमाम घर अब भी यहां शौचालय विहीन है ओडीएस प्लस लिखा देखकर कर ये माना जा सकता है कि डिंडोरी के गाँव में स्वच्छता की बयान चल रही है घर घर शौचालय बन चुके हैं लेकिन जब गाँव की महिलाओं से बात की गई तो सारी सच्चाई पत्थरों को चीर कर सामने आ गई ओडीएफ प्लस गाँव की रहने वाली महिलाओं ने बताया की अभी तमाम घरों में शौचालय बने ही नहीं है इलाके में पानी की भी जबरदस्त किल्लत है नहीं बना है कुछ कहाँ बना है पर कुछ कहाँ नहीं बना है ऐसा है गलत है कुछ कहाँ है कुछ कहा नहीं कुछ स्वयं से बनवाए हैं। है तो वो अपने शौचालय में जाते हैं कुछ के नहीं बनाए तो यहाँ मैदान में जाते हैं हम पानी मांग करते हैं और शौचालय मांग करते हैं सब घर में होना चाहिए सब घर में होना चाहिए डिंडोरी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरिया के ग्राम बरबसपुरा रैयत को कागजों में और शिला में ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है लेकिन गांव की महिलाओं की मानें तो पानी की जटिल समस्या और अधिकांश घरों में शौचालय ही नहीं है ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर इसे ओडीएफ प्लस ग्राम कैसे घोषित कर दिया गया गांव की महिलाओं ने गांव में पानी की समस्या दूर करने व हर घर नल जल योजना के तहत पानी जाने की मांग जिला प्रशासन से की है महिलाओं ने बताया शाहपुरा विधायक भूपेन्द्र मरावी भी गाँव में झाँकने आज तक नहीं आए बहुत समस्याए हमें बहुत दूर भी है और पानी भी बहुत दूर पर है वो अच्छा घाट है हमारा यहाँ तो आप आपकी जाके देख लिए अरे देखे जो आते हैं भी तो बोलते हैं कि बनाओ बनाओ कहे कि पानी दे कहे कि तो वो पानी भी नहीं भी भेज रही ना वो से लाते हैं नहा जाते हैं तो कुछ नाला भी जा रहे है मूड़ में धर के ला रहे है कई शौचालय में जा रहे हैं कई खेतन में जा रहे हैं भाई कई झन के बने हैं कई इनके नहीं बने वो खबरें